रीवा में लगातार नकली बम रखकर दहशत फैलाने वाले दहशत गर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है रीवा में बीते दस दिन के अंदर पांच बार डमी बम मिलने से जिला प्रशासन में हडकंप मच गया था हरकत में आई पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस को आरोपियों के पास से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं पकड़े गए आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है हम लोगों ने अभी तीन आरोपी राउंड अप किए हैं पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वो सबसे पहले तो जो एक आरोपी है प्रकाश सिंह मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि ने अपनी बताई है दूसरे साथी का नाम देवेश दुबे है वो तो मेरठ क्षेत्र का रहने वाला अपने आप को उसने बताया है उसकी शिक्षा शिक्षा मेरठ के आस हुई है बीकॉम एल एल हुआ है